तो, अभी हम कुछ थे, कुछ काम से. तो एक डॉग को पहले एक बड़ी मुश्किल से उसको कैच किया है वो तो मिला नहीं यहाँ पे पूरी इंडस्ट्रियलिया वो ये वीडियो है राजधानी दिल्ली का जहाँ पे दीपक जी और प्रभजीत जी ने इस डॉग को रेस्क्यू किया लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे की ये दोनों जानवरों के लिए और क्या क्या करते हैं मेरा नाम दीपक है मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ पिछले तीन साल से ये सेवा का काम कर रहा हूँ रेस्क्यू कर रहा हूँ सब कुछ करते करते बहुत दुख दर्द देखे इन बच्चों के और तकरीबन अभी तक 1500 से ज्यादा मैं रेस्क्यू कर चुका हूँ और मेरे रेस्क्यूज़ में मेरे पार्टनर है ये बड़ी कम उम्र से इस सेवा के काम को कर रहे हैं तो इन्होंने मुझसे भी ज्यादा रेस्क्यू किया तकरीबन तीन करीब रेस्क्यू किया और मेरा प्रेरणादायी स्रोत रॉबिन जी है उनकी कुछ वीडियो देखे शुरू में तब से रोड पे बेजुमानों को फीडिंग कराता था बीडिंग कराते टाइम पता नहीं था कि इन्हें मेडिकल की जरूरत होती है। कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिनके बारे में बताना मेरे लिए बड़ा ही दुखदायी है, तो है।, तो है, है। लोगो ने खाना तो डाल दिया लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट नो पीछे मैगट्स बनना शुरू हो गया है ये शायद एक दो दिन पुराना ही है अभी हमारे पास लगभग लगभग सिक्सटी डॉग्स है शेल्टर के अंदर जिनको हम ट्रीट कर रहे हैं परमानेंट कुछ परमानेंट रेजिडेंट है छह सात और बाकी ट्रीट में लोग आते हैं तो कहते हैं भैया ये कैसा है मैंने कहा है ये आपके लिए कैसा होगा लेकिन हमारे लिए ताजमहल से कम नहीं है क्योंकि ये वो जगह है जहां हम इन जानवरों को ठीक करते हैं रोड पे तड़प तड़प के मर जाते हैं इन जानवरों के लिए भी शायद ये किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा खाना मिल रहा है प्यार मिल रहा है दवाइयाँ मिल रही है हमारा टारगेट है फोर्टी टू फिफ्टी से बढ़ा के एट्टी टू हंड्रेड तक ले जाने का डॉग्स के नाम पर लोग जगह भी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो एट्टी टू हंड्रेड का टारगेट तभी अचीव होगा जब हमें नई जगह मिलेगी और आप सब लोग सहयोग करेंगे दीपक जी के इसी प्रयास में आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं ताकि वो और जानवरों की मदद कर पाए